kudi ki takat hai kuli ki takat hai kuli ki takat hai kuli ki takat hai hello hello main arti bol rahi hu ha bolo main haath jod raha hu good job का बेटा तू, <laughs> भाई, किसकी तरफ से हो लड़के वालों के या लड़की वालों की तरफ ऐसी शादियों में बस खाने के लिए पहुंच जाते हो एक मिनट भाई लड़की वाले बोला किसी से ऐसे बात करते हैं क्या चलो ठीक है इनविटेशन नहीं था भूख लगी तभी तो आया ना अरे इससे ज्यादा खाना ना लोग छोड़ देते है शादियों में लेकिन भाई इतनी छोटी सोच मत रखो यार अरे खाते समय दुश्मनों को भी नहीं टोका करते ठीक है सोरे भाई थैंक यू भाई अबे थैंक यू यूक यू छोड़ ऐसे माहौल में कर तो कपड़े थोड़ा ढंग का पहना कर मुझे मारो मुझे नहीं ये हम यार ओ चाचा एक लगवा दियो हाथ जरा मदद करवा दो खुदा के वास्ते जीरो जीरो बनाए तेरी बहन का नमन बवंडर के लौंडे मारूंगा निकल से पेल के रख गएगा दिमाग खराब कर मेरे तो लग मेरे तो अबे भाई, हमारे इंडिया और बाहर के देश के लोगों में क्या फर्क है भाई बाहर के देश के लोग टीचर से कहते हैं कि आप हमारे बच्चे की बस केयर करना और उसको प्यार से रखना रिजल्ट डॉस और इंडिया के लोग भाई हमारे देश के लोग आप इसे मारिए उतार दीजिए हमारी तरफ से पूरी परमिशन है बस मार्क्स अच्छा चाहिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईएस बनो और देश को समाल <laughs>